बातें करे दो मैं अब जिंदगी से थक चुका हूँ न जाने कौन सी शाम मेरी आखिरी शाम हो जाए मुझे मालूम था कि वो नहीं मिलेगा मुझे खुद से मालूम था कि मुझे इश्क है उससे पहले वक्त देकर भी देख रहना ही बात ये नहीं कि तेरे बिन जी नहीं सकते बात ये है कि तेरे बिना जीना नहीं चाहते। अरे भाई अकेले क्यों बैठे हो मेरी मर्जी साले अफसोस इस बात का है कि जिसने प्यार करना सिखाया था ना मुझे उसी नहीं आया। मुझे किसी ने कहा था एक बार आपको ना थोड़ा चालाक होना चाहिए ये दुनिया सीधे लोगों के लिए नहीं है उस दिन नहीं समझ आई थी यार ये बात आज जब लोग कभी फायदा जिस दिन तुम्हारा साथ कोई ना देना तो एक बार याद करना पूरी दुनिया देखेगी कि मोहब्बत किसने सिवा किसी को देखा नहीं हमने सूख गया गुलाब फिर भी फेंका नहीं हमने एक बात जवाब मुस्कुरा कर देना मुझे रुला कर तुम खुश तो हो ना कभी कभी बुजुर्ग साथ बैठा कर पे नहीं ये मोहब्बत बिकाओ है साहेब आप बस दौलत का इंतजाम कीजिए भाई कभी इस है? आज भी है देखना जब मैं मरूंगा ना तब मैं हंसते हुए मरूंगा क्योंकि जीते जी मैं रोया बहुत हूँ किसी को क्या बुरा समझना बुरे तो हम हैं। जो हर किसी को अच्छा समझ बैठे। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं तक बलाशेंगे उसे मौत आने तक तलाशेंगे उसे ये वादा है मेरा बहुत आने तक तलाशेंगे उसे जिंदगी जिसकी हिम्मत कपड़े हो या ना हो अपनी औकात से में ब्रहण का ठप्पा आदमी कपड़ों में नहीं होता कैरेक्टर में होता है मैं अगर इस साल में भी कहीं जाऊँ ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचाने